बेटा इतना मत बन तेरे से ऊपर के बहुत पड़े हैं जीतने की तो आदत है मुकाबले हमने भी बहुत लड़े हैं और सुना है यहाँ राज करने के लिए निकला है ना बेटा अभी यहाँ हम खड़े हैं कहती तुम्हारे पास तो आऊंगी